हेलो फ्रेंड्स दिस इज माय चैनल फोकस कोचिंग सेंटर वेलकम टू यू आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर एट ट्रिगोनो मैट्रिक त्रिगोनमीति आज हम आपको ये तेंथ क्लास का आ, एट पार्ट चैप्टर एट पढ़ाने वाले नाम है ये स्टेट बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं सी बोर्ड भी आप बने रही है वीडियो में ट्रिकोनो मैट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी में इसका नाम बात करें तो होता है त्रिकोणमिति। ठीक है यह है त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं बताएंगे कि त्रिकोणमिति क्या है ट्रिकोनोमैट्रिक क्या है व्हाट इज इस ट्रिकोनोमैट्रिक इसमें प्रैक्टिकल करने से पहले कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ थ्रिटिकल पार्ट देखना पड़ता है कुछ याद करना पड़ता है उसके बाद आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे एनसीईआरटी सी एट पॉइंट टू वन से आप क्वेश्चन बना सकते हैं जो सीबीएसई का है वो आर एस अग्रवाल तीन चैप्टर में आपको मिल जाएगा टेन एलेवन ट्वेल्व में तीन चार चैप्टर में बांटा गया है तो आज जो हम पढ़ाएँगे ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा उसके बाद इसके बाद वाले जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम एक्सरसाइज बताएंगे पहले में स्टेट बोर्ड के लिए एनसीईआरटी करवाएंगे और फिर आर एस अग्रवाल का भी हम देते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें पसंद आता है तो और वेलाइकन बटन को क्लिक कर दो जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक तो पहुंचते रहे चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि ट्रिगोनोमैट्री होता क्या है क्योंकि टेंथ से पहले हम कभी नहीं पढ़ें नाइन्थ में नहीं है एट में भी नहीं है ये हमारा एकदम नया चैप्टर है टेंथ में इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए और बड़ा अच्छा चैप्टर है ये आपको 12 नंबर क्रिएट करवाता है आप इसे ध्यान से देखें तो जो स्टेट बोर्ड के उनके लिए भी 12 नंबर और जो सीबीएसई पैटर्न के उनके लिए भी 12 नंबर का था ट्वेल्व नंबर का था तो ध्यान दीजिए कि हमारा नंबर कहीं गड़बड़ा ना जाए ट्री का अर्थ होता है देखिए यहाँ पर थ्री ये गोनो जो है जी ओ एन ओ गोनो होता है एंगल ठीक है और ये मैट्री का अर्थ हम कहेंगे मेजर ठीक है ये त्री का अर्थ हुआ तीन कोन आप लोग सब जान रहे हैं और मित्री का अर्थ हुआ मापना कहनी का मतलब है कि जिनमें तीन कोणों का माप पढ़ते हैं तो तीन कोणों का माप हम किस में पढ़ते हैं जब भी तीन कोण का माप पढ़ेंगे तो हम त्रिभुज में पढ़ेंगे क्योंकि चतुर्भुज तो वो चार कोण त्रिभुज अर्थात ट्रेंगल में ही हम तीन कोण का माप पढ़ते हैं जैसे अगर ये ट्रेंगल है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये हो गया ए बी एंड ये सी ठीक है ध्यान दीजिए जैसे हम बताएं कि इसमें त्रिभुज के विषय में पढ़ना है क्योंकि तीन कोण मापन जहाँ पे तीन कोण का मापन पढ़ना है तो तीन कोण का माप हम जब ही पढ़ेंगे तो त्रिभुज में पढ़ेंगे देखिए नाइन्टी डिग्री और कैसा त्रिभुज यहाँ पर पढ़ना पड़ता है तो यहाँ पे पूरे आप में देखिएगा आपको हमेशा समकोण त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिएगा बात को समकोण त्रिभुज के विषय में आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा एक्यूट एंगल बोला जाता है समकोण त्रिभुज पूरे चैप्टर कहीं से भी निकाल के देखिए आपको कहीं भी दूसरा त्रिभुज नहीं मिलेगा समकोन त्रिभुज के विषय में पढ़ना पड़ता है ठीक है हम नाइन्थ हम लोग एक चीज देखे थे कि जब समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब भी हम समकोण त्रिभुज का क्रिएट करते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं जैसे यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बनाया तो अच्छे से बनाता हूँ जैसे ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया ठीक है ये हो गया हमारा 90 डिग्री ये ए बी और ये सी ये हमारा जो त्रिभुज इसको क्या बोलेंगे हम लोग समकुन त्रिभुज ठीक है तो समकून त्रिभुज में हमको बताया गया है कि ए जो है इसको कर्ण बोला जाता है अंग्रेजी में हम बात करें तो हाइपोटेनियस इसको बोला जाता है ठीक है यहाँ पर अगर ये साइट्स का बात करें बी ठीक है तो इसको हिंदी में आधार बोला जाएगा और इसी को अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसी को बेस बोला जाएगा ठीक है ए जो है अगर इस साइट्स की हम बात करें तो इसको पेंडी कूलर बोला जाएगा ठीक है और यह हिंदी में बात करें तो बोला जाएगा। ये बताया गया हमने में पढ़ वैज्ञानिक जो थे पाइथागोरस कुछ बता बताए क्या बताया यहाँ पे आप समझिए पाइथागोरस के द्वारा क्या बताया गया ठीक है ये पहले आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम मिटाएंगे तब तो ना लिखेंगे तो सबसे पहले आप नोट करते जाइए पेन को पे निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे हम देखिए आगे बताने का कोशिश करते हैं यहां पर आप देखिए कि पाइथागोरस क्या बताएं पाइथागोरस अगर हम प्रमय देखे पीजी थ्योरम भी इसको बोला जाता है शॉर्ट में हम पीजी थ्योरम के नाम से जानते हैं ठीक है तो पाइथागोरस यहाँ पे क्या बता है तो पाइथागोरस बता थे कर्ण स्क्वायर ठीक है क्या बोले कर्ण स्क्वायर लंब का स्क्वायर ठीक है प्लस आधार का स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये पाइथागोरस पाइथकोरस यही बता कहने का मतलब है कि हाइपोटेनियस इसका होल स्क्वायर कर देंगे और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा बराबर होगा कहने का अर्थ है कि कर्ण का स्क्वायर कीजिए और बराबर में लिखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो दोनों आपस में क्या होगा चलिए इसी को को को अब हम अच्छे से बताते समझ में आ रहा है तो आप वीडियो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जिससे कि आने वाले आपको मिलते रहे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम बताएं समकोण त्रिभुज हमने बना लिया ठीक है ये दिस इज़ 90 डिग्री हमने नाम दे दिया ए बी सी पी जी जैसे इस पार्ट को एच हाइपोटेनियस बोलेंगे बेस से B आ गया और ए बी पर पेंडिकुलर आ गया ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम कहेंगे कि ए सी स्क्वायर कर्न का स्क्वायर हम लिखवाए तो करण ए सी स्क्वायर फिर हमने लिखवाया लम्ब का स्क्वायर तो लम्ब को आप लिख दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस मैंने लिखवाया आधार आधार को मैंने क्या बोला बेस बोला तो बेस का स्क्वायर तो B सी स्क्वायर आप हिंदी में भी समझिए आप इंग्लिश में भी समझिए आगे देखिए AC बराबर क्या है एच तो हम यहाँ पे H लिख दी इसका स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर दे दी ए बराबर P है तो हमने P लिख दिया और वहाँ स्क्वायर है हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे दी ए बराबर B है तो B लिख दी और वहां पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगाया समझ में इसलिए एच बराबर जैसे स्क्वायर इधर से हटा ये अंडर रूट हो गया समझवाया अगर आपको बी फाइंड करना है बी का स्क्वायर जैसे फाइंड करना है या पीक फाइंड करना है ये एक फॉर्मूला आपके लिए हो गया इम्पॉर्टेंट ठीक है ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा आपको बी निकालना है जैसे अब हम ए स्क्वायर से हमको निकालना है ए तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ध्यान दीजिए आप तो ए बी जगह हम क्या रखते हैं ए की जगह रख देते हैं पी तो पी का स्क्वायर हो गया ए की जगह हम रख देते हैं एच तो एच का स्क्वायर हो गया माइनस बी की जगह हम रखते हैं बी तो बी का ये सभी नाइन्थ में पढ़ना है आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये हुआ आपका दूसरा फॉर्मूल ठीक ये भी आप ध्यान दीजिए तीसरा यहाँ पर हम बताते हैं एक दो हों बता दिया अब आपको बी लेना है तो सपोज रेट हमने यहाँ पे बी को इधर रखे तो बी को जैसे हमने इधर रखा जैसे हमने बी स्क्वायर किया तो आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ठीक है, की b, है b की जगह हम रख दीजिए b और स्क्वायर होता है स्क्वायर ए बी की जगह एच के स्क्वायर माइनस तो जगह आपको इसलिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस टी स्क्र ये फॉर्मूला हम बता चुके ये तीनों फॉर्मूला हम पहले आप नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे चलिए आप स्क्रीन शॉर्ट कर लीजिए ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और इसके बाद अब इसके जो फॉर्मूला है ट्रियोनोमेट्रिक वो हम बताते हैं कि साइन कॉस्टेन हम कैसे निकालें चलिए चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं हमने पहले पाथावरस देखे यहाँ पे हमने शॉर्ट पे लिख दिया जगह जो भी हमने बताया उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है इसी को समझाता हूँ क्योंकि यही इसमें विशेष पढ़ना और कुछ है ही नहीं जैसे साइन ढिटा cos tan कौस cot टा sec ठि cosec य ये इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ एग्जाम में कभी आ गया नहीं हम एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए साइन ठिटा बराबर क्या होता है p बाई एच कहने का मतलब है कि ठिट्टा जब इस फिरभोज में हम ठिट्टा ढूंढेंगे तो देखिए ठिट्टा यहाँ मिलेगा ठीक है और यहाँ जब ठिट्टा रहेगा इस पॉइंट में जब ठिट्टा रहेगा यहाँ तो उस कंडीशन पे यह परपेंडिकुलर ये बेस और ये समझ में हाइपे हम बताएं कि ठिट्टा रहेगा तो देखिए ठिट्टा यहाँ पे रख देंगे और ठिट्टा रखेंगे तब इसका जो डेकोरेशन करेंगे सजावट करेंगे तो यहाँ पे ठिट्टा रहेगा तो इसको हम परपेंडिकुलर बनेंगे कहने का मतलब है कि ठिट्टा एंगल जो उसके सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा तो इसके सीधे वालों को बोला जाता है सम्मुख ये ठिटा इसका सम्मुख भुजा ये हुआ तो इसको हम बोल दिए परपेंडिकुलर ठीक है अगर ये ठिटा रहेगा और इसका समुख हो जाइए तब ये परपेंडिकुलर लेकिन उसको हम बाद में बात करेंगे तो सिर्फ ये जानिए ठीक है कोस ठिटा बराबर क्या होता है बी बाई एच बी बाई एच हो जाएगा ठीक है टेन ठिटा बराबर क्या होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई बीस कॉट्टा बराबर क्या होता है और बेस बाय परपेंडिकुलर सेकट्टा इजिक्वल टू क्या होता है तो हाइपोटेनियस बाई एंड एनकोसेक्टिटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस बाय और पेंडिकुलर समझ में आया आपको ये याद करना पड़ेगा पहले आप इसको नोट कर लीजिए चार बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा चलिए इसको नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन रहेगा किस टाइप से आप समझिए हम समझाते हैं कि क्वेश्चन जब आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है इसको भी नोट कर दीजिए क्योंकि हम मिटा रहे हैं यहाँ पे हम समझाते हैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं ठीक है हमने बताया अब चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं पूरा नोट आपके पास कंप्लीट है आपसे क्वेश्चन बन जाते क्वेश्चन क्या रहेगा ध्यान दीजिए क्वेश्चन आप. रहेगा आपका कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोन बी क्या है समकोन ठीक है और ए बराबर थ्री मीटर एवं बी बराबर फोर सेंटीमीटर है ज्ञात कीजिए यहाँ पे आपको ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है तो साइन थीटा एंड कॉस्ट थीटा ठीक है हमने से क्वेश्चन क्रिएट किए आपको बनाना है सबसे पहले कि त्रिभुज एबीसी है सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी बी सी ठीक है हमने यहाँ पे एक बना लिया ठीक है हम नाम देंगे एक त्रिभुज बनाए क्या नाम है उसका ए आप दीजिए ए बी और ये सी दिस इज 90 डिग्री ठीक है फिर बोला कि बी क्या है समकोण है हमने बी को समकोण कर दिया 90 डिग्री कर दिया समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री ठीक है फिर क्या बोला और ए बी ए बी जो है कितना है थ्री मीटर हमने यहाँ पे 3 मीटर लिख दिया बी सी भी बताया कितना देखिए ध्यान दीजिए 4 मीटर तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 4 मीटर ठीक है अब हमको चाहिए जब भी हम बोले कि कोई भी ट्रेंगल में दोनों चाहिए इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर जब ठिट्टा रहेगा यहाँ पे हम बताएंगे कि ठिट्टा रहेगा जब ठिटा रहेगा उस कंडीशन पे हम बोले कि ये हाइपोटेनियस ये बेस और ये परपेंडिकुलर ठीक है जब ठिट्टा यहाँ रहेगा ठिटा कहाँ रहेगा यहाँ रहेगा सिंपल यहाँ पर ठिट्टा रहेगा तो ठिट्टा को रख के हम ऐसे देखेंगे सुन रहा है आगे ध्यान दीजिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है ठीक है, दिया ठीक है हम लिख दी दिया है, क्या दिया हुआ है तो ट्रेंगल ए बी सी में ट्रेंगल ए बी सी में दिया हुआ ए बी तो ए बी को हम बताएं किसको परपेंडिकुलर फिर बोलते, पी बोलते तो पी बराबर थ्री मीटर हम लिख दिए ठीक है फिर आप लिखिए बी सी, तो बी सी को हम क्या बताएं? बेस, तो बेस को बी सी दिखाते हैं ये फोर सेंटीमीटर ठीक है क्या नहीं है आपके पास एच नहीं आपको H क्या करना निकालना? हम है निकालना है फॉर्मूला हम बताएँ एच निकालने का तो H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फार्मूला हमने बताया तो ये फार्मूला आप लिख लीजिए और यहाँ पे आप रखिए P का कितना वैल्यू देखिए थ्री है तो थ्री का होल स्क्वायर कर दिए ठीक है B का कितना वैल्यू फोर तो फोर का होल स्क्वायर कर दिए समझ में आ रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए तीन तीन नौ और चाचों के सोलह दोनों को जोड़ दिए पच्चीस हो गया इसे निकाल दिए तो पाँच निकलिए इस वायर से सबको निकालना आता होगा ठीक है यहाँ पर हम देखिए बनाते हैं तो समझ में आया हमने एच भी यहाँ पर निकाल लिया यहाँ पर हम एज का जो वैल्यू है यहाँ पर हमने लिख दिया पाँच सेंटीमीटर ए निकल गया ए सी एच समझ में आया हमने देखिए यहाँ पे ए भी फाइंड कर अब आपको बनाना क्या है आपको वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ पर देखिए फाइंड करके बोलते साइन ठिटा का पहले आप ज्ञात कीजिए फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने बताया पर पेंडिकुलर बाय तो परपेंडिकुलर कितना आया पेंडिकुलर कितना है थ्री लिख दी बाय है तो थ्री लिख दी देखिए बाय है तो बाय दे दी फिर क्या एज देखिए एज हमने कितना लाया पाँच पांच लिख दी यही क्या हुआ मेरा आंसर हुआ समझ में आ रहा नहीं आ रहा ठीक है आगे देखिए एक और हमको फाइंड करना देखिए यहाँ पे कॉस्ट हम फाइंड करकेट बराबर क्या होता है यहाँ पे जो नहीं मिल रहा है यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं ठीक है ठीके? आप नीचे बनाइएगा क्योंकि लैक ऑफ वोट के कारण हम यहाँ पे बना रहे हैं ठीक है b बाई एज होता है ठीक है तो b b कितना है चार है हमने चार लिख दिया बाई है तो बाई एज कितना है पाँच है तुमने पाँच लिख दिया यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ नहीं लगता यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा नहीं आया एक क्वेश्चन और हम लेते हैं आप सोचिए अभी हमने बताया ठिट्टा के विषय में यहां पे ठिट्टा रहे तो ये हाइपोटेनियन ये परपिंडी